आ, तो अपना इंट्रोडक्शन दो व्यवर्स को हाय मेरा नाम रावल है मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ और यहाँ पे मैंने यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देखे थे तो तो तो वो वो रेफरेंस से पे या ओके और वीडियो बहुत हाँ, हाँ, तो रिसेंटली देखा क्यों मन किया रहना होता है अच्छा आ, दिखा सकता हूँ कुछ इश्यूज आ रहा है एकदम नीचे तो तो तो से यहाँ तो पे फील हो रहा है फुल जाएगा मसल लंबा नहीं होगा जब आप चेयर पे बैठे रहते हो ना तो बैठने की वजह से मसल भी छोटा होना चालू हो जाता है तो नहीं, कर तो नहीं करोगे अभी जितना हो ना उससे तो तो तो तो जब दाल में नमक चाहिए तो नमक ही चाहिए जब हल्दी चाहिए तो हल्दी चाहिए ठीक है तो एक्सरसाइज का काम एडजस्टमेंट नहीं कर सकता एडजस्टमेंट आपकी बैक खोल सकता है और आपको दर्द से रिलीफ दे सकता है कि आप एक्सरसाइज एक तो करो दूसरा ये नहीं। ये राइट साइड नी पे भी है ये बहुत लंबा वॉकिंग हो चुका है या फिर फॉर एग्जाम्पल वहां पे घिर आ रहा है माउंटेन वाला वहाँ पे तो यहाँ पे इस साइडे बन गए थे हाँ, नहीं <laughs> ये नहीं इसकी वजह ठीक है अच्छा मोटा सोल वाला जूता पहनना जब ऐसे वॉक वो, वॉक ज़्यादा करने जाओ तो ये ऐसा है कि सिर्फ आपने कपड़े को बॉडी को ढक लिया कंफर्ट नहीं दे रहा सर्दियों में ज्यादा चाहिए होता है ना उसी से हम ज्यादा वॉक करते हैं के ज्यादा चाहिए दिन से घूम रहे तो तो पे पार ये ये शूज़ शूज़ मत लिया ना कभी-कभी के के लिए या के लिए या ऑफिस ठीक ठीक है है है जब ज़्यादा करना तो होना चाहिए हम्म ओके फेस ऑन इसका बॉम्बी घुमा हुआ है तो मैंने नोटिस किया था एक्चुअली तो ठीक करना है तो हम ये भी ठीक है <laughs> बट इसको और ज्यादा खराब होने से दो, दो, हैं ठीक है रद करेंगे नीचे वाला सीधा नीचे वाला ये करेंगे <laughs> तो okay. yes. so, mm -hmm. so, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि okay, आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है mm -hmm. आपका मसल बहुत ज्यादा टाइट है mm -hmm. so, अच्छा mm -hmm. नीचे वाला पे सी इसका एक में है भी वो दिखाएंगे आपको इंट्रोडक्शन देंगे आई माय नेम इज एम फ्रॉम गुजरात जामनगर एंड सर की वीडियोस देखे थी तो मुझे एक बार ट्राई करने का मन हुआ था ना इसलिए आया मौका और थोड़ा, का है, थोड़ा और थोड़ा गले काम करते हैं मैं करता अच्छा वेरी है तो, सिर्फ फीट में लेग में कोई रोटेशन नहीं है इसका थोड़ा सा ये टाइट है, इसका शेप है, इसका शेप नेक्स्ट नाइस, नाइस, सब करेंगे, हम लोग से चमक गए, फिर जान के लिए इस तरफ बाल्टी इजी ओह इको बस तो आ <laughs> थोड़ा ज़्यादा निकल गया है ओ ये और ये जो फीट है ना ये आपका टायर है टायर का काम क्या होता है ग्रेविटी को कम करना फ्रिक्शन कम हो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो है ज्यादा होगा और अगर बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस होगा वो आपको अपनी फीट में नजर आ जाएगा क्योंकि वेट तो फीट कितनी जाएगा नीचे यह है राइट यह है लेफ्ट आठ चीज नॉर्मल ऐसे होते हैं ठीक है इसके लेफ्ट और इसके राइट जो भी जाएगा वो नॉर्मल से दूर है अब अपना राइट लेफ्ट देखो लेफ्ट का इंप्रेशन राइट्रेशन में है दोनों mm. uh, yes. mm. yeah. ही ऊपर है है mm. एक में कम जा रहा है इसलिए तो दूसरे में ज्यादा जा रहा है अगर बैलेंस करोगे दोनों ही लिखेंगे करेंगे सामने और और स्ट्रेट रखेंगे और रखेंगे रखेंगे दूर थोड़ा क्लोज करेंगे डिग्री डिग्री तो सीधा अब को पकड़ लेंगे सिर्फ सिर्फ फिंगे सको, फिंगे सको अच्छा जितना मैक्सिमम उतना अच्छा रिजल्ट चल अब जो हमने डिस्कस किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेगा बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारे पांव का डिस्टर्ब हो जाएगा चालू हो जाएगा ये हमें दिख रहा है इसीलिए हमने ये सस्पेंड किया आपका भी काफी ज्यादा था तो न्यूट्रल कैसा होता है ऐसा होता है तभी यह सीधा रहेगा सीधा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी थोड़ा बहुत भी दिक्कत आएगा तो बढ़ता जाएगा ये आपका राइट पीछे जब ज्यादा होता है तो हम सीवियर बोलते हैं, है तो हैं। आपका किस में आएगा आपके एज में सीवियर में गलत बात है सीवियर में क्या होता है ये देखो आप, आप, आप पहले फोटो हमने ना खड़े रहने का लिया है आपका बोलते हैं खड़े रहने का दूसरा फोटो आपका चलने का दौड़ने का बोलते हैं डालने में जिसमें आपने नी पेंट किया तीसरा फोटो हम करेक्टिव बोलते हैं हम अब इस पांव को काट के तो सीधा नहीं कर सकते ना कि ठीक हो जाए क्योंकि तो कुछ की भी तोड़ेंगे तो और ज़्यादा खड़ा इंस्टीडल हो जाएगा तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका होता है वो है पांव के नीचे आर्च देना इंसोल देना अच्छा। सिर्फ वही कर सकते हैं उसको बार बार चेंज कर सकते हैं और ताकि इम्प्रूव होता चला जाएगा अच्छा तो हम पहले देखते हैं की अभी हमने लेफ्ट की बात भी नहीं की है ना अगर कोई चेंज आएगा हल्का सा इसमें भी है बट बहुत डिफरेंस है, है? इसलिए हम फोकस अपना पे रखेंगे अब प्लस कहीं पर भी हो सकता तो नहीं है अगर ये तो नहीं अगर ऐसा जाएगा नहीं कितना अंदर जा रहा है कितना प्रेशर लेगा वही आप बता रहे थे मुझे जब आप चले तो आपके साथ ये होगा अब स्टोरी तो जो मिनिम है सिर्फ रोज उठा के हमने दिखाया था कि कितना मिनिमम हम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ आपके ही पाओ का आज दे दें सेम टू सेम तो भी इतना सीधा हो जाएगा अच्छा ठीक है इसको भी आप अपनी जो भी होगा होगा वो रिलेटिव तो सीधा है सेकंडो से तो हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड टाइम्स सीधा है इसका अच्छा, इलाज इस आप चाहोगे तो हम आपको इंसौन दे सकते हैं जब आप मनी स्पेंड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो तो कहीं पर भी बनवा सकते हैं ना? अच्छा ईमेल कर पे चली जाती है तो चेक लेना आज सो व्यूर्स इसको पेशेंट तो रजिस्ट्री के लिए आया था बट आई एम सॉरी ब्रजेश मैंने बताया क्योंकि मेरा मेरी ड्यूटी है नहीं बताऊंगा तो और सुपरफिशियली कई बार ऐसी चीजें खराब होती चले जाएंगी जिसको कोई डॉक्टर गलत एडवाइस देके कुछ और ना सिंपल ट्रीटमेंट है।, mm -hmm. है कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है mm -hmm. और ये किसी का मशीन होती नहीं है तो लोग कुछ भी बोल के कुछ कुछ भी आपको इमेजिन करने के लिए बोल देते हैं सो व्यूअर्स हमारे वीडियो सेम रहती है कंटेंट सेम रहते हैं हम सेम जगह सेम समोसा बनाते हैं mm -hmm. और कुछ नहीं करते पेशेंट्स की स्टोरीज शेयर करते हैं आप अपना सपोर्ट दिखाई आप भी गुजराती भाइयों से Yes. Share, like yeah, share, subscribe share. करें और okay. ताकि हम भी कभी यूट्यूबर्स की तरह अच्छी फैंसी चीजें कर सकें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिसक्राइब